करना है मुझे ब्लॉग करना है, है।, बहकी सभी है हम है हजारों में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में तो गाइस क्या हालचाल है हो क्या बहुत बढ़िया होंगे समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो दोस्तों ये चेहरा तो आप लोगों के लिए ना बिल्कुल ही नया होगा क्योंकि मैं कोई मनोज जोशी या सिंह तो नहीं जो आप मुझे जान बट कोई बात नहीं धीरे धीरे जान पहचान हो ही जाएगी तो दोस्तों मेरा नाम है और ये मेरी लाइफ का ना फर्स्ट लोग है तो मुझे नहीं मालूम कि मैं आप लोगों को पसंद आऊँगा कि नहीं आप लोगों का दिल जीत पाऊँगा कि नहीं बट ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आने वाले समय आप लोगों को बहुत कुछ पसंद आने वाला है मेरे चैनल में तो यार थोड़ा सपोर्ट तो बनता ही है वैसे भी इंडियन लोग एक दूसरे को सपोर्ट और मोटिवेट करने के मामले में सबसे आगे है। पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट लोग का ट्रेंड है वो जस्ट इंडिया में ही वर्क कर रहा है क्योंकि ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मोटिवेट करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे क्रिएटर सक्सेस हो पाते हैं तो भाई ये तो मानना ही होगा सबको कि इंडियन लोग सपोर्ट के मामले में किसी से कम नहीं बट ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ बाकी क्रिएटर्स की तरह ये लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे और मुझे भी प्यार देंगे तो देखते हैं यार ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं कितना प्यार देते हैं अगर इन लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो फिल्म लेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद